छतरपुर में एक बैंक अधिकारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली बैंक अधिकारी पंजाब एंड सिंध बैंक में पदस्थ था मृतक के परिजनों का कहना है कि ये हत्या का मामला है पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक यूपी के मौरानीपुर का रहने वाला था और पंजाब एंड सिंध बैंक में पदस्थ था और छतरपुर के सन सिटी इलाके में रहता था सिविल लाइन थाना पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी उन्होंने तुरंत पहुंचकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी फिलहाल खुदकुशी की वजह सामने नहीं आई है पुलिस मामले की जांच कर रही है यहाँ पे हमारे पास तो फोन गया था पा, पाँच साढ़े पाँच बजे के लगभग तो जो है ना हमने तुरंत यहाँ पे आए यहाँ पे हमें बताया गया कि जो है ना उसने सुसाइड कर ली हमने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया ना किसी को गेट खुला मिला हम लोग हमको बाहर आप देख सकते हैं अंदर का भी बता रहे गेट खुला है फांसी पे लटक रहा क्या हुआ किसी को कोई जानकारी नहीं और मेरा बेटा ऐसा नहीं था कोई ऐसी स्थिति नहीं थी ना घर से न परिवार से कुछ नहीं था ऐसा नई उम्र क्या था पच्चीस साल की एक साल भी ज्वाइनिंग को हुआ काम पंजाब एंड सिंध बैंक में पी ओ था तो किसी शंका नहीं कोई हमें हमारे तो ये शंका लग रही है कि हमारे बच्चे के मर्डर हुआ है शंका है सही बात पूरी पूरी शंका है मुझे पेस्ट्रिया ऐसी परिस्थिति है।, है नहीं हर अभी आज आज जाना था उसे दो दिन सेकंड सैटरडे सेकंड सैटरडे इतवार अगले सैटरडे को गया था सोमवार को आता है इतवार को जैसे शनिवार की छुट्टी हुई तो बताता किसी न किसी को बताता किसी को नहीं बताया उसके दोस्त को बताता किसी को बताता कोई ऐसी समस्या है ही नहीं हाँ फॉरेंसिक टीम आना चाहिए हम तो ये मांग करेंगे यहाँ पे बिना फॉरेंसिक टीम के हम किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए आखिर हुआ तो हुआ, तो हुआ क्यों कुछ मामला नहीं हमको तो पता नहीं हमने तो सवेरे फ़ोन ही किया था उन्हें हमने की आए क्यों नहीं आज कितने आज सुखो आया शाम की आएँगे हमने की फिर आना लठा टूट देखने में चलेंगे हमारी मऊ रानी पर हमें न करना है आज बहते ही बात की पैंतीस सेकंड बात की हमने कल कितने शाम की आएँगे बस वो हमें दोस्त से पता चलिया कितने प्रिंस का कुछ हो गया हमने फिर फ़ोन लगाया कितने फिर फोन नहीं उठाया इन्हें लगाया होगा फिर हमने लगाया बोलू भाई कह छोटे भाई का, का कितनी छोटे हम दस्ता में होंगे हम जा रहे हैं फिर पता कर रहे हैं हम और आ गए फिर पिछाएँ से